एक गरीब से उसका हाल पूछकर आप भी कमाल करते हैं अजी गरीब से उसका हाल पूछकर आप भी कमाल करते हैं हम तो पानी जैसे हैं साहब लोग जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं